तो मैं था एक छोटा सा टर्टल जिसका काम था पानी में घूमने का लेकिन एक दिन एकदम से एक विच आती है मेरे ऊपर और एक पोर्शन फेंकती है जिसके वजह से मैं पूरा घबरा जाता हूं और बन जाता हूं एक म्यूटेंट टर्टल तो इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एज अ टर्टल 100 डेज और इस वीडियो में मेरे कुछ एम होने वाले हैं जिसमें से सबसे पहले तो मुझे अपने भाइयों को यहाँ पे छुटाना है जिसको पकड़ के रखा है इस राक्षस ने जिसको मारना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है और उसके अलावा मैं मारने वाला हूँ एक गॉबलिन किंग को और उसके साथ ही साथ ये बड़े वाले आदमी को भी जो की बहुत ज्यादा खतरनाक है और आखिरी में मारेंगे हम लोग एक म्यूटेंट टर्टल को जो की बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है मेरे लिए और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना एंजॉय द dio तो हमारे पहले दिन की शुरुआत होती है एक आइलैंड से और अगर तुम लोग मुझे नहीं देख पा रहे हो तो ये हूँ मैं यार कितना ज़्यादा छोटा हूँ अभी मैं बेबी टर्टल हूँ और कुछ दिन के बाद मैं सबसे बड़ा टर्टल और उसके बाद उससे भी बड़ा टर्टल बन जाता हूँ तो सबसे पहले जाता हूँ मैं थोड़े लकड़ी तोड़ने के लिए तभी मुझे वहाँ पे दिखता है एक फॉक्स जो कि टटल खाने वाला था तो ये भाई अभी तो सो गया था तो यही टाइम था मेरे पास यहाँ से भागने का तो मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ और यहाँ से भागता हूँ आगे की तरफ और जल्दी से मैं बहुत सारे सी तोड़ लेता हूँ क्योंकि यार मैं यही खाता हूँ यहाँ पे बैठ के और पूरे एक दिन बाद में बड़ा बन जाता हूँ थोड़ा एकदम साइज वाइज में और अब जो मैं थोड़ा सा बड़ा टर्टल बन गया था तो मैं अपने टर्टल भाइयों को ढूंढने निकलता हूं और यहां पे एक सील से पूछता हूं कि मेरे टर्टल भाइयों को इसने देखा है क्या लेकिन वो नहीं बोलता है तो यार मैं मां से उदास होकर मुझे लौटना पड़ता है एक आईलैंड पे तो यहाँ पे एक अजीब चीज थी तो इसको जब मैं तोड़ता हूं ना तो कुछ काम का था नहीं वो तो यहाँ पे एक पेड़ भी था तो इसको भी मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ और अपने लिए बेसिक टूल्स बना लेता हूँ क्योंकि क्या पता भाई किसी को मारना ओरना पड़े तो हम लोग सारे काम के टूल्स बना लेते हैं और उसके बाद यहीं पर रात हो जाती है तो मैं सोचता हूं कि यहाँ पे मैं जल्दी से माइनिंग के लिए चले जाता क्योंकि मेरे पास आर भी तो अच्छा खासा होना चाहिए ना तो फिर दो तीन दिन माइनिंग करने के बाद मेरे पास सारी काम काम की चीजें मिल गई थी और आयरन वायरन भी बहुत सारे थे तो पे एक रहता है जिसको मैं मार देता हूं जो कि गंदगी फैलाता है इधर में तो उसके बाद मैं सारे काम की चीजें आयरन वायरन तोड़ लेता हूं और उसको स्मेल्टिंग के लिए डाल देता हूं और अगर तुम लोग सोच रहे हो मेरे पास कैरेट वैरेट कहाँ से आया तो एक चेस्ट मुझे मिला था जो कि यार पता नहीं उसकी क्लिप रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई वो मैं तुमको नहीं दिखा सकता हूँ सॉरी यार फर्निस में हर चीज जलने के लिए डाल दिया था मतलब स्मेल्ट होने के लिए तो फिर मैं थोड़ा सा वेट लेता हूं और उसके बाद जैसी वो स्मेल्ट होता है तो सारी काम की चीजें टूल्स और, बना लेता हूं मैं पूरे के और फिर निकल लेता हूं ऊपर आईलैंड के तरफ लेकिन उत्ते में आ बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन फिर भी मैंने मार लिया है तुम लोगों के लिए और फिर ऊपर थोड़ा सा कैंप साइड अपना बना लिया था अच्छा सा एक छोटा सा एकदम बेस जो कि मैं टेंरी यहां पर रह सकूं और यहां पर स्पाइडर मेरी तरफ देख रहा था इसको भी मार देते हैं यह भी सोच रहा होगा भाई टर्टल के हाथों मारना पड़ा तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्वाड वॉड और बना लेता हूँ और एक साइन बोर्ड बना लेता हूँ और बाजू में मैंने थोड़ा सा और ऐसा रूम बना लिया है एक और इस आइलैंड का नाम रखेंगे हम लोग टेस्ला आइलैंड कैसा लगा यार तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ अच्छा लगा तो और हंसना नहीं भाई मेरे ऊपर क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ और आ नहीं रहा था तो फिर मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने चलता हूँ क्योंकि मुझे अपने भाइयों को अभी ढूंढना ही था हमारे टर्टल भाइयों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता था तो उससे पहले थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारी फिश विस को मारता हूँ मैं और उसके बाद इन लोग को मारना बहुत हार्ड है यार एक ड्राउन भी आ रहे थे इनको मारता हूँ और उसके बाद एक वेल आ रही थी छुपकर मैं इतनी बड़ी चीज से मुझे नहीं पता था लेकिन ये थोड़ी सी दूसरी जगह थी एक और एकदम सेम वैसा ही था यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक भाई एक्स जो की बहुत बड़ा था साइज में और जो कि बहुत काम आता है और मुझे भाई थोड़े बहुत हमारे टर्टल जो थे वो मिल गए थे लेकिन ये लोग जेल में थे अब मुझे नहीं पता था किसान ने इसको जेल में डाला लेकिन यार पीछे में जो शार्क थी ना इसने मुझे मारना चालू कर दिया था जैसे मैंने उसको बचाने की कोशिश करी शार्क शायद उसी टर्टल ने भेजी है शार्केंट पे रखवाली करने के लिए इनकी टर्टल लोगों की लेकिन मरता है ना तो पूरे टर्टल लोग खुश हो गए थे मेरे भाई लोग और इनको मैंने जल्दी से तोड़ा उत्ते में आता है एक टटल और आता है मेरे सामने और इसने मुझे बताया कि इसको किसने कैद में रखा था तो मैं जब इससे पूछता हूँ कि भाई की तुम लोगों को यहाँ पे कैद किसने किया है लेकिन यह मुझे बता नहीं रहा था यार बहुत हिचकिचा रहा था बस बताया कि एक टर्टल बीच था जो कि बहुत बड़ा था साइज में लेकिन इसको उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो रहता है तो यार ये टर्टल की हालत बहुत दिन से खराब थी मतलब ये लोग दस दिन से शायद यहीं पे बंद थे वो भी बिना किसी खाना पीने के तो इनको मैंने बोला कि चलो मेरे बेस पे तो ये लोग खुशी खुशी सब लोग आ जाते हैं बाहर और मेरे पर विश्वास करके चलने लगते हैं मेरे बेस पे और फिर इनके लिए मैं थोड़ा सोचता हूं कि एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम बना दू तो मैंने बहुत सारे मतलब शवल ववल बना लेता हूं एकदम काम आम की चीजें तो यहां पर मैं सीधा खोदना चालू करता हूँ और खोदना बहुत हार्ड था यार पानी के अंदर लेकिन फिर भी मैंने बहुत दिन लगा के कम से कम पांच दिन बर्बाद करा मैंने एक छोटी सी चीज बनाने के लिए लेकिन जो जितने भी मेरे पास ये कोबल्स स्टोन आए थे ना, उसको मैं में देता हूं कि कि मुझे ब्रिक्स चाहिएगा बहुत, तो बहुत दिन के महन में तो पांच दिन में बस मैंने ये गड्ढा किया है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था पानी के अंदर तुम लोग समझ ही सकते हो तो फिर यहाँ पे ज्यादा काम कुछ नहीं बाकी था मैंने कॉर्नर्स में लगा दिया स्टोन ब्रिक्स और उसके अलावा मैंने यहाँ पे सैंड जब बहुत सारा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ग्लास का लुक जो कि बहुत ज्यादा गजब दिखता है और तुम लोग खुद ही बताओ कमेंट सेक्शन में, बता में एक बार, बार यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैं जल्दी से एक दिन पूरा टाइम पास करता हूँ शिप के पास क्योंकि यार मुझे चाहिए था बैट क्योंकि भाई मुझे सोने के लिए अभी तक कोई चीज ही नहीं बनी थी तो फिर यहाँ से इनसे मैं पूरा बुल ले लेता हूँ इन लोगों को नंगा कर देता हूँ और फिर भागता हूँ अपने वापस बेस की तरफ और लौटते वक्त मैं यही सोच रहा था कि यार मैं वो उतने बड़े बीच को कैसे मारूंगा लेकिन यार अभी वो सोचने की बात है नहीं तो मैं जल्दी से एक बेड बनाता हूँ और यहाँ पे पहली बार सोता हूँ और ये भाई अलग ही स्टाइल में सोया है मेरा टर्टल मुझे भी नहीं समझ रहा कि इसको क्या हो गया है तो जाने तो फिर अगली सुबह मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने निकलता हूँ थोड़े बहुत रास पता करने निकलता हूं कि यहाँ पे भाई और भी कोई लोग है क्या लेकिन फिर से मुझे मिल जाती है एक रूइन वाली जगह जिसमें मैं चेस्ट खुलता हूँ तो मुझे मिलता है एक बड़ी ट्रेजर मैप जो कि यार कुछ ज्यादा ही काम का था मेरे लिए लेकिन बहुत एंटिक चीज होती है मेरे साथ भाई ये जो था ना ट्रेजर वो बहुत ही पास में था मुझे लगा कि भाई ये कौन सा आईलैंड है मेरे पास इतना पास लेकिन तुम मानोगे कि नहीं कि ये भाई मेरा ही आइलैंड लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं इस ड्राइविंग को मारता हूँ और उसके बाद एक शिप रैक भी यहाँ पे थी तो जल्दी से इसको भी लूट लेते हैं जो कि बहुत पता नहीं शायद क्रैकन वैकन ने इसको डुबा दिया है लेकिन इसके अंदर पूरी फालतू की चीजें थी तो ये सब को मैं लेता नहीं हूँ बस वहाँ से वीट लेके निकलता हूँ अपने घर के तरफ और घर पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई मेरे आइसलैंड पर एक बहुत अच्छा सा ट्रेजर है इतना भयानक को कैसे हुआ वो भी यहाँ पे बस मैंने यहाँ से देखो दो ब्लॉक दूर में खोदा था अब मैंने यहीं पर खोद दिया था उसने मुझे मिल जाता तो मुझे इसकी पहली झलक मिल गई थी तो इसको जब मैं खोलता हूँ ना तो वहाँ पर मुझे मिलता है आयरन कॉर्ड वाले थोड़े बहुत फिश और उसके साथ हार्ट ऑफ द सी जो कि बहुत ही गजब की चीज थी यार अच्छा हुआ ये चीज मिल गई बाद में हमारे काम भी आ सकती है तो ये सब को अभी मैं जल्दी से रख देता हूँ हमारे चेस्ट के अंदर क्योंकि यार इसको लेके घूमने की चीज़ है नहीं न और फिर उसके बाद मैं इन लोग से बात ही कर रहा था कि ये जो मेरे टर्टल लोग थे उत्तम पीछे से आती एक डॉल्फिन और मुझे लग ही रहा था कि मेरा पीछा कर रहा है कोई तो जब मैं इससे बात करता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि इसने एक बहुत बड़े म्यूटेंट टर्टल को देखा है जिसने इसकी फैमिली को मार दिया है और इसके अलावा ये हमारे मतलब जो और भाई लोग हैं टर्टल वाले ये उनको जानते हैं कि वो लोग कहां पे छुपे बैठे हैं और, है बच -बच और फालतू इंसान था तो इसको मैं जल्दी से मार देता और जल्दी से जाता हूं बहुत दूर जी, यहां पर मुझे ये ले जा रही थी अब मुझे इस पर भरोसा था करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था वो तो मुझे नहीं पता लेकिन यह मेरी दोस्त थी लेकिन आगे मुझे दिखता है कि टर्टल को एक शार्क ने मार दिया है तो सबसे पहले तो मैं अपने टर्टल भाई का बदला लेता हूं, इस शार को मार के, और जैसी हेल्थ बढ़ा था नहीं वो म्यूटेंट टर्टल के लेफ्ट हैंड के बारे में जानता था इसने मुझे एक बुक दिया था जिसपे लिखी रहती है कॉर्डिनेट और जैसी मैं बुक को लेता हूँ कि यार मेरे साथ चलो उसको मारने के लिए यहां से भाग जाता है पता नहीं क्यों डर जाता है लेकिन ये जिसने मुझे उसका कोऑर्डिनेट्स तो दे दिया था ऊपर में लिखा था जो तुमको समझ नहीं रहा होगा ही पढ़ सकते हैं और नीचे में एक लिखा था। तो मैं इस कॉर्डिनेट पर अभी नहीं जाता हूं लेकिन तुमको बाद में पता चलेगा वो क्यों नहीं जाता पड़ता है मुझे क्योंकि वो यार मुझे घर पर मारने आ जाता है जो इनका लेफ्ट हैंड जो की सबसे ज्यादा खतरनाक है इस गेम में तो फिर घर जाते वक्त मुझे एक और शिपरेक दिखती है तो उसमें थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से छुपते छुपते निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वेल था भाई अच्छा भाई इसने मुझे देख नहीं लिया और लेकिन यहाँ पे एक पूरा विलेज था भाई इन ड्रोन लोगों का मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ता क्योंकि ये लोग मुझे कभी मार सकते थे लेकिन जैसे ही मैं घर आता हूं मैं देखता हूँ पूरे टर्टल कहीं भाग गए किता था कि इनके साथ क्या हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा तो मुझे राक्षस नहीं हमारे टर्टल भाइयों को से ले गया है तो भाई मैं पूरा डर गया था कि कितने मेहनत से मैंने उनको ढूंढ के लाया था लेकिन वापस से वो कहीं घूम चुके हैं तो फिर मैं निकल देता हूं उनको ढूंढने के लिए लेकिन ढूंढने से पहले मुझे ट्राइडेंट वाला एक मिल जाता है ड्रॉन तो इसको मारते हैं लेकिन ट्राइडेंट मिलता नहीं अब इतनी अच्छी किस्मत का हमारी तो यहां पे जल्दी से मैं पूरे माइन वाइन कर लेता हूं तो सामने मुझे दिखता है और एक शिप मिलती है मुझे जो कि तो भिड़ना भी तो नहीं चाहता था तो मैं बाजू से में आता हूं लेकिन यहाँ पर मतलब तो छोड़ देता हूं वैसे तो वो तो अच्छा हुआ क्रैकन है ही नहीं, नहीं तो भाई उसने मेरा गेम ही खत्म कर दिया रहता तो इस शिप के अंदर यार बहुत अच्छी खासी लूट मिलने वाली थी मैं पहले से जानता था तो यहाँ पे जो इतने सारे भी थे वहां पर डायमंड आयरन मतलब बहुत सारे लैपिस सब कुछ एकदम मिल रहे थे जो कि लुटेरे लोगों ने लूटे होंगे एक जमाने में लेकिन क्रैकर ने इनके शिप डुबा दी होगी तो यहां पर मुझे, तो मुझे नहीं पता जाऊ पायर जो कि बहुत ज्यादा काले कलर के थे अब पता नहीं इनके साथ क्या हो गया था ये पायरेट लोग ही थे जो लोग अभी थोड़े से चेंज हो गए तो मैं जाता हूँ इनसे डैमेज लेने के लिए और इसने एक ही बार में मुझे हाफ एचपी पे ला दिया मतलब एक एचपी पे लेकिन मैं बच जाता हूं कैसे तरह से तो फिर मैं थोड़ा बहुत अपना जल्दी से खाना खाता हूं हेल्थ बढ़ाता हूँ और फिर जाता हूं इनसे लड़ने के लिए ये लोग पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्लो थे तो मैं कैसे कैसे तो इनको मार पा रहा था भाई इनका डैमेज कुछ ज्यादा है तो ये लोग बहुत स्लो थे तो मैंने जल्दी जल्दी इनको मारा और एक ने तो मरने के बाद अपनी छड़ी भी छोड़ दी थी जो कि बहुत ही खतरनाक थी यार अब इसका नाम था स्प्लीटर करके जिसका अटैक डेमेज भी कुछ ज्यादा ही है तो फिर मैं स्प्लीटर से मारता हूँ इन लोग को लेकिन उसकी हेल्थ कम रहती है तो ये जगह लूटने के बाद मेरे पास बहुत सारे आयन आ ही गए थे तो फिर उसके बाद मैंने जस्ट इसके बाजू में एक जो छोटा सा आइसलैंड था यहीं से मैंने खोदना चालू किया एक बहुत अच्छा सा केव जिसके अंदर मैं डायमंड ढूंढूंगा तो इसके बाद में बहुत सारा माइनिंग करता हूं और उसके बाद मुझे डायमंड मिल ही जाते हैं आखिरकार कुछ पहले मेरे डायमंड मिल जाते हैं जिसमें कुछ छह सात की वेन थी तो उसको मैंने तोड़ा उसके अलावा भी एक मुझे अजीब सी जगह मिलती है जहां पे वही सेम लोग लुटेरे लोग थे अब मुझे नहीं पता यहां पर क्या कर रहे थे और जमीन में ये लोग कुछ और ज्यादा तेज चल रहे थे लेकिन इनका अच्छा हो इसने मुझे मारा नहीं तो यहां पर बहुत सारे थे ये लोग कम से कम दो तीन तो थे ही तो इन लोग को मैंने जल्दी से मारा है इसी मतलब ये बड़े वाले एक्स से और उसके बाद यहां पर चेस्ट था जिसके अंदर भाई बहुत ही गजब की लूट मिलती है एक आयरन चेस्प्रिड मिलता है और शार्पनेस फाइव और मैंडिंग की एक बुक मिल जाती है आयरन वायरन थे प्लेटिनियम भी वाले थे, यहां पे तो अच्छी चीज थी और सामने बहुत लावा के अंदर हुआ है। मुझे भी नहीं पता था वो क्या कर रहा था उधर तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं एनविल क्योंकि मुझे बुक मिली थी और आयरन की भी कोई कमी थी नहीं मेरे पास तो जल्दी से हम लोग हमारी सारी चीजें एनचांड कर लेंगे ये वाले भाले में जल्दी से लगा लेता हूं हमारा शार्पनेस फाइ जो की और पावरफुल बना देता है उसको और इसमें मैंडिंग लगा देता हूं लेकिन ये यार वेस्ट हो जाती है बाद में तुमको पता चलेगा कैसे और फिर जैसे मैंने पूरा आर्मर वार्मर अपना बनाने तो यहाँ पे कुछ क्रैब मिलते हैं जो कि मुझे तो क्या हुआ एक ही तो मेरी एक दोस्त तो क्या हुआ लेकिन जैसे मैं घर पहुंचता हूं न, तो वो एक कैप्टन था कैप्टन, जो कि मेरी को मार देता है मेरा एक ही लौता दोस्त था जो इस दरिंदे के हाथों मर चुका है और तुम लोग कमेंट में यारे पीस डॉल्फिन लिख देना दो इमोजी के साथ वो भी रोने वाले तो उसका बदला तो मैं जल्दी से लेता और ये जमीन पर ना कुछ ज्यादा मतलब मेरे को डेमेज कर सकती है ये जो कैप्टन है तो मेरी ज्यादा कोशिश यही थी कि मैं इससे ज्यादा जाद ज्यादा जमीन पे लड़ू लेकिन जैसे इसको मैं हाफ एचपी पे लाता हूं भाई ये पूरी समन हो जाती है वापस इसके अंदर पूरा दम आ जाता है और उसके साथ इसने तीन चार लोगों को और स्पॉन कर दिया था तो मैं सबसे पहले तो यहां से भागता हूं और इसको अकेले में मिलता हूँ तो इसको जब मैं मारता हूँ ना तो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है अब पता नहीं इसके अंदर शायद वापस से वो दम नहीं था कि हाफ एचपी पे वापस से कुछ लोग और स्पॉन कर सके लेकिन पानी के अंदर देखो यार ये कैसे कैसे टेलीपोर्ट हो के मुझे मारती है लेकिन कैसे तैसे मैं इससे लड़ रहा था और मुझे भाग भाग के जल्दी से गोल्डन एप्पल भी खाना पड़ता है जो मुझे मिला था कहीं से तो इसको मैं आखिरकार मार देता हूँ इसने बहुत सारा सामान छोड़ा था लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा दूर भागूंगा क्योंकि यार मेरे हेल्थ कम थी फालतू में किसी ने ट्रेडेंट मार दिया तो यहीं पर मैं मर जाऊँगा और म्यूटेंट डर्टल को भी तो हमको मारना है तो सामने ये लोग भी दिख रहे थे थोड़े बहुत डॉल्फिन जो कि थे शायद उसके ही परिवार के लेकिन इनको बहुत बुरा लग रहा था उसके बारे में कि वो मर चुका है वो भी मेरे वजह से तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ ना वो सब लूट उट करने के लिए तो ये लोग थे छोटे मोटे चिल्लर विलर लोग तो इन लोगों को मैं जल्दी से मारता हूँ और इसने तो बहुत अजीब व गरीब चीजें ड्रॉप करी थी तो इसको जब मैं लेता हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि ये एक हेलमेट है लेकिन भाई ये बहुत फालतू था पता नहीं ऐसे तो मैं नहीं खेल सकता ना तो इसको मुझे निकाल के रखना पड़ता है वापस से और उसके बाद जाता हूँ मैं अपने घर के तरफ और घर पर जाने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने पूरे सामान को अच्छे से रखता हूँ और अगले दिन मैं यहाँ पे हमारे टर्टल को एकदम छुड़ाने आता हूं और वापस से यार यहाँ पे एक क्रीपर फूट जाता है पता नहीं कैसे तो सबसे पहले इन लोग को छुड़ा देता हूँ और एक एक करके इनको भेज देता हूँ नदी में इनको मैं अब कैद करके नहीं रखूंगा क्योंकि यार टर्टल लोग को खुला घूमना चाहिए लेकिन अभी भी टर्टल जो म्यूटेंट वाला था वो बचा हुआ था और उसको मैं कैसे ढूंढू वो मुझे भी नहीं पता था अब उसके बारे में तो मुझे पता चलता है आगे वीडियो में लेकिन मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थे बहुत सारे शिप और उनसे चाहिए था वुल और ये पता नहीं कैसा ग्लिच था भाई अलग साइ टर्टल ने बोट के नीचे में मतलब बोर्ड को ही ऊपर बैठा और टर्टल के ऊपर अब मुझे नहीं समझ रहा रहा था था क्या हो तो तो फिर मैं पे आता फालतू तो लोग पे खड़ी थी जिन लोग को मैं मारता हूँ क्योंकि यार ये लोग बहुत टाइम पास करा रहे थे मेरा तो इन लोग को मारने के बाद मैंने एक ही दो दिन के अंदर एक छोटा सा रहने के लिए बेस बना दिया था हमारे शिफ्ट लोगों के लिए जिससे मैं बुल इकट्ठा करूंगा यहीं से और उसके बाद जब मैं काम कर रहा था ना यहाँ पे तो यार बहुत भयानक चीज होती है एक वेल थी जो कि यार मेरे आइलैंड पे आके मर चुकी थी अभी मर चुकी थी कि बेहोश थी मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग थे अलग अलग जॉम्बी वेम्बी थे यहाँ पे तो मैं सुबह होने का वेट करता हूँ और जैसी सुबह होती है तो यहाँ पे सिर्फ क्रीपर बचते हैं तो इन लोग को मैं जल्दी से मारता हूँ और फालतू में यार मैं जाता हूँ इनको मारने के लिए तो ये लोग भी फुट जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ ये बड़ी वाली वेल के पास और देखता हूँ कि इसका मुंह और हाथ पैर तो हिल रहा है तो शायद ये मरी हुई थी नहीं ये गलती से शायद ऊपर आ गई या तो इसकी ये हालत किसने किया यार मुझे नहीं पता शायद ये म्यूटेंट टर्टल का ही काम है। तो इसको मैं कैसे-तैसे धक्का देता हूं बहुत मेहनत करता हूं मैं छोटा सा हूं इसके सामने कितना लेकिन कैसे-तैसे मैं इसको धक्का देता हूं और ये जिंदा हो जाती है और मेरा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अचीवमेंट कंप्लीट होता है कि मैंने वेल की जान बचा ली और जैसे इसकी जान बचा डर तो के भाग जाती है पहले तो लेकिन कुछ देर बाद यह वापस आती है मुझे थैंक यू बोलने के लिए और इसने मुझे बताया था कि ये भी म्यूटेंट टर्टल को जानते हैं और इनफैक्ट सभी यहाँ के जितने भी पानी के जीव जंतु हैं सब लोग उसको जानते हैं और सब लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है तो ये सब बताने के बाद ये यहाँ से चली जाती है तो मैंने अपने लिए एक बेस भी बना लिया था इन लोग के रहने के लिए शिप लोगों के लिए तो फिर मैं जल्दी से घर पर जाता हूँ और मेरे पास जितने भी गोल्ड बड़े थे ना उसको मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और आयरन भी निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शेयर बना लेता हूँ मैं और उसके अलावा मैंने गोल्डन एप्पल भी बना लिया और जल्दी से इनके बेस में मैं आ गया था तो इन एक एक करके इन सबको नंगा कर देते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे वुल चाहिए थे क्योंकि मैं बनाने था टटल की एक मूर्ति उनको सम्मान देने के लिए एकदम तो इन लोग को फिर मैंने खाना वाना भी दे दिया क्योंकि मैंने इनके कपड़े लिए तो इनको खाना भी तो देना चाहिए ना भाई नहीं तो ना इंसाफी हो जाएंगी हम लोग ना साफी नहीं करते हैं क्योंकि खुद ही हम लोग एक, एक एनिमल है तो ये सब होने के बाद मैं जा रहा था थो थोड़ा बहुत कैक्टस वैक्टस ढूंढने के लिए थोड़ा लैंड वैंड वाली एरिया पे क्योंकि यार मुझे लैंड पर भी तो घूमना पड़ेगा ना तो फिर मुझे आगे जाने के बाद थोड़े सील मिलते हैं तो इनको मैं हाई हेलो बोलता हूँ लेकिन इनने मुझे बहुत बुरा इग्नो किया तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारे कैकट्रस तोड़े क्योंकि यहाँ पर पूरा सैंड वैंड वाली पूरी जगह ही थी तो ये सब तोड़ता हूँ मैं बहुत सारे यहाँ पर कैक्ट्रेस तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे क्वांटिटी में तो उसके बाद तोड़ना पड़ता है सीधा वहीं से घुसता हूं मैं तो जहां पर मुझे मिलता है सिर्फ एक ब्रेड जो कि यार बहुत ज्यादा तो फालतू था लेकिन ये यहाँ पे बहुत अच्छे जो हेबे मिल गया से पूरा तोड़ लेता हूँ जल्दी से तोड़ लेते हैं और सारे मतलब विलेज को ये जो थे ना जितने भी घर यहाँ के सबको मैं घर तोड़ तोड़ के देखता हूँ कि यहाँ पे चस्ट है कि नहीं लेकिन यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं तो यहाँ सीड वीड सब कुछ चुरा लूंगा जल्दी से ये भी सोच लूंगे टर्टल को क्या हो गया आज तो यहाँ पे मुझे ब्रेड वेड के अलावा कुछ नहीं मिलता लेकिन एकदम से मुझे कोई मारना चालू करता है और फिर आता है यहाँ पे राउलेज भाई एक ये अपना शायद गेम खेल रहा था और ये जानता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ मतलब मैं फ्लिक एम्पायर हूँ नहीं लेकिन ये आके मुझे बचाता है भाई उसके बाद इसने मुझे टर्टल समझ के थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें भी दिया और ये मुझे गुड लक बोलता है आगे की जर्नी के मेरे और इसने मुझे गोल्डन एप्पल भी दिए दो दो तो ये सब लेता हूं मैं और यहाँ से निकल लेता हूँ तो अच्छा तो तो मुझे दिखता है कि एक छोटे से म्यूटेंट टर्टल को भाई एक बहुत बड़ा सा जानवर मार रहा है और ये भाई मदद के लिए चिल्ला रहा था बहुत जोर जोर से तो इसके पास मैं जाता हूँ और ये जो इतनी बड़ी सी एकदम जानवर था ना शायद एक पता नहीं कुत्ता था म्यूटेंट वाला तो इसको भी मैं जल्दी से मारता हूँ पीछे से जिसके अंदर कुछ ज्यादा ही दम था तो ये मर जाता है और जैसे ये हरे वाले आदमी से मैं बात करता हूँ ना तो ये मुझे पता था कि ये म्यूटेंट टर्टल जो है ये उसी के गैंग मेंबर में से एक था लेकिन इसके साथ उसने बहुत ज्यादा बुरा किया इसके परिवार वालों को उसने मार दिया और ये कैसे तैसे उधर से बच के भाग के आया है तो ये जो था ये भी उससे बदला लेना चाहता था लेकिन इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा था इसलिए ये बहुत डर उससे बदला लेने के लिए तो तो इसको मैं तो मारने के लिए क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था तो जैसा कि मुझे बताया था वैसे ही मुझे मारवा नहीं रही थी क्योंकि यार भी एक बहुत अच्छी खासी विच थी लेकिन इससे जब मैं मांगता हूँ ना वो वाला पोर्शन की मुझे म्यूटेंट बना बना दो तो ये मुझे बोलती है कि इसका भी एक काम बाकी है तो इसके लिए जब मैं वो काम करूंगा मुझे उसकी जगह बताई थी कि वो एक कैसल में रहता है तो हमको उसको मारने के बाद इसकी कुछ सामान इसको वापस ला के देना है तभी जो विच है ना मुझे पोर्शन डालेगी और मैं बन जाऊंगा एक म्यूटेंट टर्टल तो मैं हाँ बोल देता हूं इसको और जाता हूँ उसके पास और जैसा कि उसने मुझे लोकेशन बताया था वहां पे एक एक कैसल भी मिलता है और मुझे गॉबलिंग किंग करके एक मतलब बॉस भी आई गया था तो जैसे ही मैं गेट खोल के अंदर घुसता हूं तो मुझे दिखता है एक छोटा सा बच्चा और जो कि कार्टून जैसा दिख रहा था लेकिन भाई ये जो गॉबलिंग किंग है ना वो यही है अब मुझे नहीं पता विच इससे क्यों डर रही थी लेकिन यार अब मुझे नहीं पता था क्या हुआ तो यह लेकिन बस थोड़ा सा फुर्तीला ज्यादा था तो इसको मारने में मुझे टाइम लगा और इसने ना मेरी हाफ एचपी भी नहीं खत्म करी भाई बहुत खत्म था तो यह आखिरी एचपी पे आ जाता है इसको मैं जल्दी से मार देता हूँ इसका क्राउन गिरता है जो कि हमारे विच को चाहिए था और उसके अलावा यहां पर बाजू में एक आवाज आती है तो मुझे कमेंट में बताओ यह मुझे बोल रहा था कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा यह सब चीजें लेके क्योंकि इन लोग के लिए भी वो कुछ ज्यादा ही काम के लिए थी लेकिन विच से मेरा अभी डील हुई है तो मुझे विच के लिए जाना पड़ेगा तो इसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया था तो मैं भी इसको मारना चालू कर जाता हूं यह पता नहीं कि पीछे भाग रहा था लेकिन कैसे तैसे बड़े आदमी को मैं मारता हूँ और, तो तो और, तो और, और इतने बड़े आदमी को मैंने कैसे मारा वो मुझे भी नहीं पता शायद उसने जो मुझे नेकलेस दिया था उसी की वजह से मुझे पावर मिली तो उसके बाद जल्दी से घर पर आता हूँ स्मेल्टिंग के लिए डाल देता हूँ अभी पूरा फर्नेस में काम काम की चीजें पहले यहां पर मैंने एक बेस भी लिया था बहुत अपना कपड़ा वपड़ा जानवान सब दिया है तो इनके लिए तो भाई एक सब्सक्राइब बनता है क्योंकि पूरी कुर्बानी दे दी अपने अब बारी थी कि मैं म्यूटेंट टटल बनू तो यहां से सीधा भागते हुए और उसके पास जाने के बाद मुझे वो दिखती है नहीं तो इसके घर के पास मुझे एकदम जाना पड़ता है और फिर जैसे ही मैं इसके पास पहुंचता हूं वैसे ही एक लेके बाहर निकलती है लेकिन ये बाद में छुपा लेती है और पूछती है कि मैंने इसके सामान लाया क्या तो जैसे ही मैं बाहर निकालता हूं तो यह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जब मैं देखता हूं ना तो ये मुझे बोलती है तो हमारी यही बातें चालू थी कि पहले तू दे पहले तू दे तो सबसे पहले मुझे ही देना पड़ता है इसको तीनों चीज जो इसने मांगी थी जिसमें से एक तो मेरे पास पहले से थी और अब जब उसकी बारी थी तो उसने मुझे सिर्फ एक गोल्डन एप्पल दिया और फिर उसके बाद जब जैसे ही मेरे ऊपर पोर्सन फेंकती है ना भाई मेरी पूरी स्क्रीन हिलने लगती है और एकदम से पता नहीं मेरे साथ क्या होता है भाई मैं बन जाता हूँ एक म्यूटेंट टर्टल जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था और एक तलवार के साथ पैदा हुआ था और भाई मैं विच को थैंक यू बोलता हूँ वैसे ये अंदर चली जाती है अब इसके पास शायद पूरी दुनिया में ये एक ही पोर्शन था जो कि म्यूटेंट बना सकती है इंसानों या किसी भी राक्षसों को तो उसके बाद भाई एक चलने का तरीका भी इसका कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था तो मैं सीधा घर पहुँचता हूँ और उसके बाद पता नहीं एक अलग सा आदमी घूम रहा था मेरे आईलैंड पर और ये जो घर था ना भाई ये भी पूरा ख़राब हो गया था मेरे लिए क्योंकि मैं इसके अंदर अब जा ही नहीं सकता था तो मेरे पास ऑप्सीडेंट रहते हैं जो मैंने पहले कलेक्ट करके रखे थे क्योंकि मुझे कभी ना जाना ही था नेदर में उसको मारने के लिए क्योंकि मुझे उस ने बता दिया था कि वो नोर्टल तो, तो, तो मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही पावर है तो यह मुझ में डैमेज भी नहीं दे पा रही थी और ये कितने जल्दी मर गई वो भी तुम लोग देखो और उसके बाद जब मैं वो बड़े वाले म्यूटेंट टर्टल को ढूंढ रहा था तो उतने मुझे नॉर्मल टर्टल मिलते हैं तो सबसे पहले मैं इन लोग को मारना चालू करता हूं क्योंकि ये लोग मुझे बता नहीं रहते हैं वो अच्छे से कहां पे रहता है मुझे उसके परफेक्ट लोकेशन नहीं पता थी और सेव देता तो हूँ और फिर जाता हूँ उसको मारने के लिए और घूमते घूमते बहुत देर तो बाद मुझे आखिरकार वो जगह मिली जाती है जहां पर हमारा मेन टर्टल रहने तो वाला है जो तो कि म्यूटेंट तो ऊपर से जाने का रास्ता था यहाँ पे तो सीधा में तोड़ते जाता हूं और जैसे ही मैं नीचे जाता हूं ना तो वहां पे मुझे एक म्यूटेंट टर्टल मिलता है लेकिन एक ही नहीं यहाँ पे चार चार म्यूटेंट टर्टल थे तो मैं सीधा यहाँ पे आके हमला बोल देता हूं जो कि बहुत आराम से मरते हैं क्योंकि इनसे बड़ा टर्टल तो मैं बन गया हूं अब और उसके बाद मैंने तीन तीन से एक साथ फाइट करी और इन लोगों ने यार मुझे कुछ ज़्यादा एक खतरनाक डैमेज दिया है अभी और उसके बाद एक एक करके मैंने तीन शॉट में तीन को निपटा दिया और ये तो स्पीयर मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसको भी मैं आखिरी में मार देता हूँ और हमने हंड्रेड डेज़ तो सर्वाइव कर लिया है और इन लोग को मैंने बहुत आराम से मारा और अगर ये जर्नी देखने में तुमको मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और अगले वीडियो में कौन से मौक पर मैं वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे बता देना बाय